भाई राम राम सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में भाई जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने के लिए ये वीडियो भाई मैं खुद के ऊपर बना रहा हूँ ठीक है मैं तीन चार साल से वर्कआउट कर रहा हूँ ठीक है इंजरीज भी हुई बहुत कुछ हुआ तो भाई पीछे एक साल पहले मेरे बैक इंजरी हुई थी स्लिप डिस्क तो मेरी फ़ोटो डाल देता हूँ ये एक साल पहले की है मेरी ठीक है ये फ़ोटो ठीक है तो भाई अब फिलहाल एक साल से रेस्ट पर करूँ मैं इस वजह से बॉडी बहुत ख़राब भी हो गई है ठीक है तो भाई अब बॉडी करंट बॉडी कंडीशन मेरी ये है कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये माइक है यार माइक लेना पड़ गया हवा साफ़ नहीं आती ठीक है तो भाई ये मेरी बॉडी कंडीशन है करंट ठीक है तो भाई ये मेरी बॉडी कंडीशन है करंट तो अब भाई काम्स चालू होगा आप वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है मैंने और भाई जो भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो Instagram पर फॉलो करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई फ्री वर्कआउट डाइट प्लान सब कुछ मिलेगा आपको और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने। तो कर लें चलिए फोन करके दिखाता हूँ मैं पहले करते हैं फिर फ्रंट डबल बाइसेट के के बाद एक के बाद साल ये बॉडी कंडीशन है और अब भाई आगे का प्लान ये है कि कम्पिटिशन खेलने आगे ठीक है तो भाई ये थी मेरी करंट बॉडी कंडीशन और अब अब से वर्कआउट स्टार्ट किया है मैंने और कंपटीशन की तैयारी चलू की है वो बाद में बताएँगे आगे वीडियोस में ये किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ मैं तो भाई धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और तो भाई ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में ठीक है तब तक के लिए राम राम